बतावा में गुरु जी तेरा शुक्र बदमा में सुख होवे दुख हो मेरे ज बात विच रखी हा मैनू मेरे बाल औरत बिची मैनू मेरे दादिया और पंत बच्ची मैं आद नहीं आ न मंगता मैं आज नहीं मंगता गुरु जी दे नान दी शिव मंग सकेदार सेवादारानी मैनु सेवादारानी जमात बच रखी हा मेरे माता और कंग विच रखी मैनु मेरे दिया विच रखी वाली तेरी में मुलाकात तेरी मेरी मुलाकात जस भोवे जे विच रखी मैनू मेरी दातिया वकें मैनू मेरी विच रखी री पतंग बाबा मैं तेरी पतंगे सतगुरु में तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा छोड़नी जाती बाबा दो तेरी पद बाबा में तेरी पद सतगुरु में तेरी पद बाबा में तेरी पद बाबा डो छाती सतगुरु में तेरी तत